नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं काइम प्रीमियम विदाउट वाटर फ्री में कैसे डाउनलोड करें दोस्तों क्या आप अपनी वीडियो काइम से एडिट करते हैं क्या इसका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए ही है जब आप अपनी वीडियो काइम से एडिट करते हैं तब वीडियो में मेड विथ काइम ऐसा वाटरमार्क रह जाता है उसकी वजह से वीडियो प्रोफेशनल नहीं लगता और इस वाटरमार्क को हटाना है तो आपको काइनमास्टर प्रीमियम परचेस करना पड़ता है और सब लोग इसे परचेस कर नहीं पाते इसीलिए आज हम इस वीडियो में काइनमास्टर प्रीमियम विदाउट वाटर फ्री में डाउनलोड कैसे करें ये देखने वाले हैं तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहें चलिए शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल योगी जी टेक्निकल सबसे पहले आप अपने फोन से प्ले स्टोर से डाउनलोड किया हुआ काइम मास्टर ऐप अन कर दें तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ पहले अपना गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कीजिए उसके बाद सर्च इंजन में काइन मास्टर मॉड डिजिट ऐसा सर्च कीजिए उसके बाद पहली वाली साइट पे क्लिक कर दीजिए ऐसी साइड ओपन हो जाएगी उसके बाद स्क्रॉल करते रहिए स्क्रॉल करके नीचे जाके गो डाउनलोड पेज पे क्लिक कर दीजिए उसके बाद फिर से ऐसी साइड ओपन हो जाएगी उसमें काइन मास्टर मॉड लेटेस्ट वर्जन 96 एमबी का दिखेगा उस पर क्लिक कर दीजिए ऐड आ जाएगी तो कैंसिल कर दीजिए उसके बाद डाउनलोड ऑप्शन आ जाएगा तो सिंपल से डाउनलोड शुरू कर दीजिए और डिटेल में जाके देख लीजिए कि डाउनलोड हो रहा है या नहीं फिर उसके बाद सिंपली से उसको इंस्टॉल कर दीजिए आपका काइनमास्टर इंस्टॉल हो जाएगा काइनमास्टर इंस्टॉल हो जाने के बाद काइनमास्टर ओपन कर देना है और क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना है सेटिंग वैसा का वैसा ही रखना है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है और सिंपली से नेक्स्ट कर देना है नेक्स्ट करने के बाद डायरेक्टली मीडिया विंडो ओपन हो जाएगी तो आपको जो वीडियो चाहिए वो सिंपली से ले लेना है वीडियो लेने के बाद उसको सिंपली से हाई रिजोल्यूशन पे जाके सेव कर देना है वीडियो अपनी गैलरी में सेव हो जाएगी वीडियो गैलरी में सेव हो जाने के बाद मैं आपको सिंपली से ये प्ले करके दिखाता हूँ मैंने फुल एचडी में 30 एफ पे वीडियो को सेव कर दिया है तो सिंपली से वीडियो आपको ऐसी दिखेगी उसमें कोई भी वाटरमार्क वगैरह नहीं दिखेगा जो राइट साइड में जो वाटरमार्क वगैरह रहता है वो वाटरमार्क वगैरह सब कुछ हट जाएगा इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप जाते हैं काइन प्रीमियम विदाउट वाटर मार्क प्रीमिया डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे बाकी आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलें जय हिंद दोस्त